हेलो गाइस जैसे कि आप सभी देख सकते हैं आज भी हम खेलने जा रहे हैं गेम प्ले तो आज हमारा गेम प्ले होने वाला है वन वी वन का तो गाइस बने रहिए वीडियो में जो भी नया बंदा है वो यार जैसे कि आप सभी देखते पोर्त, हो सब्सक्राइब बहुत इम्पोर्टेंट है सब्सक्राइब करोगे तो यार बहुत अच्छा लगेगा देखो तो और वन वाई वन में तक बने रहे है, वीडियो में तो लाइक भी जरूर करना दोस्तों क्योंकि लाइक भी, भी इंपोर्टेंट है लाइक के लिए लाइक कमेंट जरूर करो जिसको वीडियो पसंद आती है नहीं आती है तो डिसलाइक भी करो कोई टेंशन नहीं लो तो गाइस गाइस रहिए और यहां पे मेरा नेटवर्क थोड़ा सा चला गया है 99 प्लस हो गया है तो वो गेम प्ले कमेंट थोड़ा कहूँगा लेकिन वही गेम प्ले है भी बंदा पहले और ये थोड़ा सा और उसने तो ये सेकंड राउंड है हमारा और सेकंड राउंड तक ये हम आपको ये वीडियो दिखाएंगे तो गाइस फिर से नॉट मैंनेटवर्क किया और जैसे कि आप सभी देख सकते हैं नॉट नेटवर्क जाने से हमें लगता है तो गाइस ये आया बंदा और ये ओ नो क्या बात है भाई क्या बात है प्रो लेवल का बंदा है तो गाइस इस मैं इसको मार पाऊँगा ये हेड मारा दोस्तों इसी बात में लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दो